एक आदमी दिल्ली में अपने केबिन में बैठा था लेकिन जब केबिन से बाहर निकला तो मुंबई में था कैसे जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है